आज की इस वीडियो में सीखेंगे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ट्रेडमार्क हम सभी को पता है अगर हम किसी ब्रांड में डील करते हैं मान लीजिए हमारा कोई गुड्स है या कोई प्रोडक्ट है जिसका हमने एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं और मार्केट में एक ब्रांड बनकर उतरना चाहता है और हर किसी बिजनेसमैन के, के लिए उसके ब्रांड का जो ट्रेडमार्क का है, वो रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है नहीं तो होता क्या है हम अपने ब्रांड को बिना ट्रेडमार्क में रजिस्टर कराए मेहनत करते जाते काम करते जाते मार्केट में चल भी जाते काफी अच्छे लेकिन जब चल जाते हैं तो पता चलता है उस नाम को कुका कोई और ट्रेडमार्क हमसे पहले ले लेता तो सबसे पहले ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम ब्रांड अपना चलाने की सोच रहे हैं, वो ब्रांड कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है किसी कंपनी ने किसी पहले ही ऑलरेडी तो नहीं ले रखा उसके लिए हमको वो चेक है कि वो हमारा रजिस्टर्ड तो नहीं है तो वो कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले कुछ नहीं करना गूगल पे जाओ गूगल पे जाकर आपको ट्रेड सर्च टाइप करना है ट्रेड सर्च टाइप ट्रेड मार्क में ना टोटल एक से लेकर सभी फोर्टी फाइव क्लासेस में अलग अलग कैटेगरी के, के बिजनेस को इंक्लूड कर दिया गया तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है वो कौन से क्लास के अंदर फॉल करती है ये सारी फोर्टी क्लासेस है इसमें से आप चेक कर लेना की कौन से क्लास में आपका प्रोडक्ट आता है तो क्योंकि आप जब ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज चेक करना जरूरी है और हमको ट्रेडमार्क सर्च करते समय भी हमें पता होना चाहिए तभी हम अपना ट्रेडमार्क भी सर्च करते जाएंगे तो ट्रेडमार्क सर्च करेंगे हम सबसे पहले अब मान लीजिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्लास थ्री में आता है अब क्लास थ्री का हमको क्या करना है यहाँ पे ट्रेड मार्क सर्च वाले टेप पे आ जाना है यहाँ पे लिख लेना है हमको अपना ब्रांड करना यहाँ पे स्टार्ट विद पे कर लेना है यहाँ पे नीचे क्लास डाल देनी है सर्च करके देखना है सर्च क्या है पे देखिए नो मैचिंग फाउंड आ रहा है अभी भी नहीं और भी हमको चेक करना है क्यों बहुत से लोग होते हैं बस मैच विद कर लेते हैं हमको कंटेंट्स भी चेक कर लेना है तो पहले आप मैच विद में कह लीजिए फिर कंटेंट्स में कर लीजिए मैच विद में हमने देख लिया वहाँ मैच नहीं हो रहा अब हम कंटेंट्स में देख लेते हैं यहाँ पे तो मैच नहीं हो रहा यहाँ पे भी सर्च करके देख लेते हम यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा अब इस हमको क्या करना है स्टार्ट विद में भी नहीं हो रहा था कंटेंट्स में भी नहीं अब हम मैच विद कर लेंगे कि हमारे नाम से कोई मिलता जुलता तो नाम नहीं है क्यों होता है क्या अगर मिलता जुलता भी नाम होता है तो फिर ऑब्जेक्शन आती है रिप्लाई करना होता काफी लंबा छोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है तो मैच विद में भी हमने चेक कर लिया यहाँ पे हमारा कहीं पे भी मैच वैच कहीं नहीं आ रहा तो ये ट्रेडमार्क का हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें तो ये आप समझ गए होंगे आपको अपना ट्रेडमार्क का नाम कैसे सर्च करना है कैसे अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करने के लिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कैसे हमको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करना है अब ब्रांड नेम सर्च कर लेने के बाद हमें क्या करना है अपने ट्रेडमार्क की ई फाइलिंग करनी है मतलब हमें ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करना है जब हम श्योर हो गए कि हमारा ब्रांड नेम सही है किसी और के पास रजिस्टर नहीं है ये हमें मिल जाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना है गूगल पे जाना है गूगल पे, पे जाके आपको सिंपली लिखना है ट्रेड ई फाइलिंग ट्रेडमार्क ई फाइलिंग सर्च करेंगे आप ई फाइलिंग करते ही आपके पास आईपी इंडिया की वेबसाइट खुलेगी इस पर आपको ई फाइलिंग पे क्लिक करना है क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोसेस बताया गया। आप इंडिविजुअल तो आपके पास क्लास डियस्ट, आप तो कैसे डीएससी बनाया जाता है डीएससी बन जाएगा इसी चेक लेने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको डीएससी के कॉम्पोनेट करनी है साइनिंग कम्पोनेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद कैसे इसको करना है कंपोनेंट को इंस्टॉल इसका ये सारा यूजर मैनुअल मिल जाएगा आपको यहाँ पे देख लेना आपको यूजर मैनुअल पूरा दिखा दिया गया है यहाँ पे बताया है कैसे कैसे आपको कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करना है कैसे ऐड करना है इसके बाद आप हमें कुछ नहीं करना है सिंपली हम प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको प्रोपराइटर सेलेक्ट करना है प्रोपराइटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे सर्च पे क्लिक करने के बाद आप अपना नाम डाल के सर्च कर लीजिए जो जैसे मेरे केस में मेरा नाम अमित ठाकुर है तो मैं अपना नाम डालूंगा यहाँ पे और सर्च करके देखूंगा सबमिट पे क्लिक करूंगा पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी नाम आ रहे उसमें आपको आपको कुछ नहीं करना ऐड न्यू गई है किस टाइप की एंटिटी है किस टाइप की वो सिलेक्ट करनी है आपको तो आपका देख लीजिएगा आपके टाइप के केस में जो भी आ रही है उसको आप सिलेक्ट कर लेना मेरे केस में सिंगल फॉर्म आएगा फॉर्म पे सिलेक्ट करके प्रोसेस आगे स्टार्ट करेंगे या सिंगल फॉर्म पे सिलेक्ट करते ही ये रिफ्रेश होगा पेज और ये सारे ऑप्शन इनेवल हो जाएंगे यहाँ पे हमें सारी डिटेल भर देनी है अपना नाम एड्रेस इसके बाद सर्विस एड्रेस है तो डाल दीजिए अपना नहीं तो कोई मैडेटरी नहीं है टेलीफोन नंबर यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए यहाँ पे फैक्स कोई मैंनेडेट्री नहीं है आपको डालना आपको मोबाइल नंबर ई मेल डालना जरूरी है तो मोबाइल और ई ये दो चीज जरूर डालना मोबाइल ईमेल डालने के बाद आपको अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालना है यहाँ पे आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए जिस टाइप का भी आपका बिजनेस है वो डाल दीजिए उसके बाद आपको लीगल स्टेटस में डालना होता है लीगल स्टेटस में इंडिविजुअल यहाँ पे इंडिविजुअल डालना है आपको प्रोप्राइटर नहीं इंडिविजुअल ठीक है इंडिविजुअल डालने के बाद सबमिट करते है आपके पास एक कोड आपका प्रोपराइटर कोड जनरेट हो जाएगा ये कोड जनरेट हो जाएगा पहले तो इस कोड को आपको कहीं नोट करके रख लेना है या स्क्रीन लेके रख लेना और उसके बाद फिर आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे बैक आ जाएगा और यहाँ पे जहा पे से एंटर कोड मांगा जा रहा था वहाँ पे कोड का ऑप्शन कोड ऑटोमेटिकली फिल होके बाद यही पे हमें डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर के पास होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करना है यहाँ पे ये yes पे क्लिक करना है सारे डिजिटल सिग्नेचर जो भी आपके सिस्टम में होंगे वो उनकी लिस्ट आ जाएगी आप यहां से अपना डिजिटल सिग्नेचर कनेक्ट कर लीजिए डिजिटल लेना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आई डी और मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर डालना है जिसपे हमारे पास एस एम एस के थ्रू अलर्ट आएगा और कैप्चर डाल के हमको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है ये सभी चीजें करते के साथ क्या होगा हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा लॉग वाले पेज पे ये देखिए हमारे पास पॉपुलर आएगा खुलेगा यहाँ पे ये हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, अब ये हमें हम ओके okay करेंगे वैसे ही हमारे पास हम लॉग के पेज पे चले जाएंगे लॉग वाले पेज पे आते ही जो आपने पीछे यूजर आई डी पासवर्ड अपना क्रिएट किया है वो यहाँ पे अपना यूजर आई डी पासवर्ड एंटर कीजिए यूजर आई डी पासवर्ड एंटर करके हमको लॉग कर लेना है यहाँ पे अब लॉग इन के साथ हमारे पास ये डैशवर्ड ओपन हुआ पूरा इस तरह का आपके पास डैशवर्ड ओपन होगा डैशवर्ड ओपन होने के बाद आपको न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है यहाँ पे फाइल टी ए पे क्लिक करना तो आपको इसमें कुछ नहीं करना आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रहने दीजिए अब यहाँ पे आपको क्लास डालना है ट्रेड मार्क की क्लास मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क की क्लास हमें कैसे फाइंड की जाती है कैसे पता करे मेक श्योर आपने देख लिया होगा नहीं देखा तो आप यहाँ पे ट्रेडमार्क क्लास फाइन डिटेल पे क्लिक करके आप ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेडमार्क क्लास डालने के बाद सबमिट करना है हमें सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेट डिटेल आ जाएगी इसमें आके हमको एडिट पे क्लिक करना है यहाँ पे एडिट करना है एडिट करने के बाद यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ डिटेल्स में हमारे यहाँ पे मिसिंग होगी जैसे की स्टेट हमको यहाँ पे एंटर करना है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देने के बाद अपडेट करके फिर बैक आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ पे हमको अपना टाइप ट्रेडमार्क टाइप सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे हम कैटेगरी में ऑफ मार्क वर्ड सिलेक्ट कर लेंगे ट्रेड नेम क्या हम ट्रेडमार्क बना रहे हैं अपना वो यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे इफ मार्क ऑफ लैंग्वेज अगर कोई लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है तो यहाँ पे एंटर कीजिए नहीं तो इंग्लिश इसको रहने दीजिए ये कोई वो नहीं है उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी गुड्स एंड सर्विस का डिस्क्रिप्शन डाल तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस है आप उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए या जो भी आपका प्रोडक्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट एफ प्रोडक्ट जो भी आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के बारे में लिख दीजिए उसके बाद लिखने के बाद अपडेट कर देना है अपडेट करने के बाद यहाँ पे पूछा है स्टेटमेंट एज यूज मार्क अगर आप पहले से मार्क को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे सन्सर डालना है हमारा प्रपोजिट टू भी यूज है तो हम प्रपोजिट टू भी यूज पे क्लिक करेंगे इसके बाद एनी अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालनी है तो डालिए नहीं तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है ये चीज इसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड एग्जिट भी कर सकते हैं बहुत सारे टाइप दिख रहे हैं सेव एंड एग्जिट भी जा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे सेव एंड रिज्यूम पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें अटैच डॉक्यूमेंट करना है अटैच डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे आप अदर में आ जाइएगा अदर डॉक्यूमेंट यूज कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स में जो आपको यूज अपलोड करना है प्रोपराइटर का पैन कार्ड आधार कार्ड और लोगो ये सारी चीज इनकी एक पी डी एफ मर्ज फाइल बना लेना और उसको मर्ज करके आप अपलोड कर देना यहाँ पे ठीक है अपलोड करने करके उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे अब हमारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गए हमने हमारे ट्रेडमार्क का क्लास का डिटेल भी दे दिया अब इसके बाद क्या करना है हमें प्रीव्यू वर्जन करना है हम प्रीव्यू देख लेंगे सारी चीज़ें ठीक है उसके बाद डिजिटली हमें साइन करना है यहाँ पर भी हमारे डिजिटल सिग्नेचर का काम होगा यहाँ पर हमें डिजिटली साइन करना है डिजिटल सिग्नेचर पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट टू साइन पर क्लिक करना है हमें फिर से सेलेक्ट टू साइन पे क्लिक करते ही हमारे हमारा डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा वहाँ से हमको साइन कर लेना है इसे अब यहाँ पर देखिए साइनेड डाटा सक्सेसफुली स्टोरेड टू सर्वर एप्लीकेशन हमारा डाटा साइनेड सक्सेसफुली हो गया है अब हमें क्या करना है इसके बाद सिंपली हमें पेमेंट वाले टैब में जाना है और मेक पेमेंट यहाँ पर हमें अपनी फीस की पेमेंट कर देनी है जो हमारी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फीस होती है यहाँ पे पैंतालीस सौ हमारे इंडिविजुअुअल के केस में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का फ़ीस लगता है तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी फीस पे कर देनी है मेक पेमेंट कर देना है आपको मेक पेमेंट करने के बाद यहाँ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है इनको रीड कर लीजिएगा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स आएगा इस पे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है और मेक पेमेंट पे कर देना है मेक पेमेंट करने के बाद आप जब पेमेंट कर देंगे आपके पास एक चलान जनरेट होकर आ जाएगा वो चलान आप डाउनलोड करके रख लेना अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो आप उसको क्लाइंट को वो चलान भेज देना नहीं आप अपना कर रहे हैं तो आप अपना वो चलान सेव करके रखिएगा उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी जब ये चलान की पेमेंट वगैरह हो जाएगी सब कुछ करने के बाद आप फिर दोबारा जाएँगे ट्रेडमार्क सर्च की वेबसाइट पर ये आपको तुरंत में देखना आप मान लीजिए एक एक घंटे बाद यहाँ पर जाके फिर चेक कर लेना जो भी आपने ट्रेडमार्क यहाँ पर जिस भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किया है जो भी आपने ट्रेडमार्क डाला वो चेक कर लीजिए कि आपका ट्रेडमार्क सक्सेसफुली यहाँ पे हुआ भी है कि नहीं है तो ट्रेडमार्क सर्च वाले टैब में आना है यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क का नाम डाल देना है जो उनकी क्लास थी वो देख लीजिएगा यहाँ पे क्लास डालने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपका टैब खुल जाएगा टैब खुलने के बाद आपके केस में ये मैं पुराने क्लाइंट का दिखा रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड दिखा हुआ आ रहा है आपके केस में रजिस्टर नहीं आएगा यहाँ पर लिखाएगा फॉर्मेलिटी चेक पास फॉर्मेलिटी चेक पास्ट होती है फिर उसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं स्लो स्लो ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क का आर होते होते आपको मान के चलिए छह महीने से लेके एक साल तक का टाइम लग जाता है तो ये था पूरा प्रोसेस कैसे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किया जाता है आई होप वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते